जी हाँ हमारी बाइबल हमें तीन स्वर्ग यानी हेवन के बारे में बताती है पर इसका हमसे क्या लेना देना है और किस लेवल पे आपको कब एंट्री मिलेगी या नहीं तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं तो चलिए अपनी बाइबल उठाइए और चलते हैं यानी उत्पत्ति है लिखा है की सब कुछ क्रिएट हो चुका था लेकिन यहाँ पे गौर करिए तो यहाँ इंग्लिश बाइबल में लिखा है क्लैरिटी आपको हिंदी बाइबल में नहीं मिल पाएगी इसलिए यहाँ हम दोनों बाइबल को कम्पेयर करके पढ़ेंगे ताकि हम कुछ भी इम्पोर्टेंट जो है वो इस टॉपिक पे कोई डिबेट नहीं है देखते हैं सेकेंड कुरंतियंस चैप्टर ट्वेल्व दूसरा कुरंतियो का चैप्टर बारह और वहाँ पॉल हमें एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो की तीसरे स्वर्ग तक गया था इसी के चौथे वर्ष में लिखा है कि वो पेराडाइज है स्वर्ग तो यहाँ से हमें पूरी तरह स्वर्ग, स्वर्ग। न्यूट्रॉनोमी फोर व्यवस्था विवरण चार में परमेश्वर बताते हैं कि जहाँ सूरज चांद सितारे हैं वो है दूसरा स्वर्ग यानी साइंटिफिक टर्म्स में जिसे हम बोलते हैं आउटर स्पेस और फिर 27 यानी उत्पत्ति 27 में इजहाक अपने बेटों से बात करते हुए बोलते हैं कि जहाँ से वो साथी है वो भी स्वर्ग है तो ये है हमारा पहला स्वर्ग यानी आसमान स्काई आपका एटमोसफियर ये है हमारा पहला स्वर्ग और एंड में अमोस नाइन देखिए जिसमें परमेश्वर एकदम क्लियर कर देते हैं कि स्वर्ग एक बिल्डिंग की तरह है जिसमें स्टोरीज़ होती हैं अलग अलग लेवल्स होते हैं अगर आपको यहाँ तक समझ आया हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से स्वर्ग में एंट्री है और कौन से में नहीं